तलवार उठाए हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए सहनाई छोली होटो से तो हम बिस्मिल्ला खान हुए जब संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए सरहद की हिफाजत के अब्दुल हमीद उस्मान हुए गिर बने हम तो इंसाफ सिखाया है हमने अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने जब करमावती ने बस रक्षा वाला एक धागा भेजा था तब बन करके हुमायूं बहनों की लाज बचाया है हमने